दोस्तों आज का टॉपिक है टू बैलेंस के रिचार्ज कैसे करना और कैशबैक कैसे, कैसे हम पाएंगे पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा बेस्ट एप्लीकेशन है रिचार्ज करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है चलो तो तो मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो में दो परसेंट मिलेगा।, पर पर मिलेगा मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ की आपको एक ही सिम पर मिलेगा नहीं दोस्तों आप जियो का रिचार्ज करें एयरटेल बोर्डो कोई समय पर सिम करेंगे तो दोस्तों आपको दो परसेंट का कमीशन हंड्रेड परसेंट आपको मिलेगा दोस्तों इसमें दोस्तों इसमें आपको रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है आपको कोई पैसा नहीं लगता है मात्र आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड मोबाइल लिंक होना चाहिए आप जीवाई करेंगे ओ के माध्यम से तभी दोस्तों इसमें आप रिचार्ज कर सकते हैं तो वन परसेंट का कैश मिलेगा अगर आप जीवासी कर रिचार्ज करते हैं तो दोस्तों आपको दो परसेंट का कमीशन मिलेगा मैं आपको बता देना ये चाहता कि आप इस चैनल पर नई आयो इस चैनल को पहले खुशी कर दीजिए यहाँ पे दोस्तों चैनल पर नहीं आयो चैनल पर रेड कल पर बंद पहला छोटा सा घंटी दबा दीजिए और ऑल क्लिक कर दीजिए जैसे जो भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा दोस्तों चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों आप दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ट्रू बैलेंस कहाँ से डाउनलोड करें तो ये टाइटल बैन पर क्लिक तो करिएगा और यहाँ पे दोस्तों एक लिंक आपको मिलेगा एक, एक लिंक मिलेगा यहाँ पे देखिए एक लिंक मिलेगा ये लिंक पर ये लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट दोस्तों इसको डाउनलोड कर सकते हैं ट्रू बैलेंस ठीक है तो जैसे जैसे मैं वैसे तो से डाउनलोड तो ले तो कर लेना तो डाउनलोड करने बाद दोस्तों इसको ओपन करना है ओपन करने के बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर ई मेल से साइनअप अप कर लेना और आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आपको इसमें के कर लेना तो दोस्तों आपको दो का कमीशन मिलेगा जैसे तो कर लेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा देखिए रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ लोन का सर्विस मिलेगा लोन मार्केट का पर्सनल लोन गिफ्ट कार्ड शॉप इंश्योरेंस ट्रेन टिकट गोल्ड शॉप क्लास रेफर एंड अर्न तो दोस्तों बहुत अच्छा आपको मिलेगा आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए या रिजार्ड वाले ऑप्शन के लिखा है देखिए दोस्तों प्री पेड एंड पोस्ट पेड में दो दो परसेंट का कमीशन मिलेगा और डीटीएस पर तीन परसेंट का कमीशन मिलेगा और बिजली बिल पर आपको कोई, कोई रुपया नहीं मिलेगा और गैस में इसमें बुकिंग करते हैं गैस से आपको दो परसेंट का कैश बैक मिलेगा यानी अगर आप सौ का अगर गैस बुकिंग करते हैं तो, तो दोस्तों को एक सौ दो तो दोस्तों बहुत अच्छा ये सीम चल रहा है अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं जो जल्दी जल्दी जाओ वीडियो बी में सब लिख दिया है तो उसमें क्लिक करके डाउनलोड कर लो ये एप्लीकेशन इसमें आपको हर रिचार्ज पर दो परसेंट मिलेगा कमीशन तो यहाँ पे देखिए रिचार्ज एंड बिल पे में क्लिक करिए देखिए फर्स्ट बारे आप सब क्लिक गोक ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टमर को मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ मेहमान वोट तो दोस्तों में अपना कस्टमर को मोबाइल नंबर माना कि मैं अपना डाल देता हूँ कोई सा भी नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर डालने के बाद और यहाँ देखिए दोस्तों आगे ऑटोमेटिक ऑल्स प्लान के ऊपर जाइए ऑल्स प्लान के ऊपर जाइए दोस्तों यहाँ पर देता हूँ स्पेशल प्लान और यहाँ दोस्तों माना कि मैं अपना मान लेता एक सौ निन्यानवे रुपए में ले लेता हूँ तो ले एक सौ निन्यानवे रुपए और मैं चौबीस दिन पे एक जीवी डाउ और दिन के लिए और देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है यानी थ्री पॉइंट अठारह में चार रुपये का कमीशन मिल जाएगा दोस्तों अगर आप दो सौ रुपये का रिचार्ज बैंक करें दो सौ का रिचार्ज करेंगे तो दोस्तों दोस्तों आपको यहाँ पे चार रुपीस का कैशबैक बैक मिल जाएगा तो दोस्तों बहुत अच्छा यहाँ पे देखिए चार का कैशबैक आपको मिल जाएगा अगर आप दो का आइडिया रिचार्ज करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा स्कीम देते रह दोस्तों या अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो दो परसेंट कैसे रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों उसमें दोस्तों आपको हर सिर्फ पर तो दो परसेंट का कमीशन मिलेगा दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री दोस्तों आप आप सोचते होंगे कि मैं पे मैं गूगल पे से रिचार्ज करता हूं तो दोस्तों मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता है तो दोस्तों आप वो उसे मत रिचार्ज करिए ट्रू बैलेंस डाउनलोड करके उसमें दो तो परसेंट का कमीशन दोस्तों आप हर रिचार्ज पर पाइए दोस्तों दोस्तों ये छोटा सा वीडियो तो वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेकिन वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक दिया इस अप्लीकेशन पर जल्दी जल्दी उस अप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लो प्लेट में ठीक है दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया उसमें क्लिक करके आप